आखिरकार वागोड़िया का सफ़र मेरा आज यहीं कंप्लीट होता है अब मेरा जो अगला कदम है वो वागोड़िया से भीलापुर की तरफ है आज हम कोशिश करेंगे कि आपको लगभग एक पूरा चक्कर इस पूरे फार्म हाउस का हम करवा दें लास्ट टाइम में जब आया था तब यहाँ पर ये यह फेंसिंग नहीं हुआ था और वो जो मैंने फेंसिंग फेंसिंग वाला जो एरिया कवर किया था एक्चुअली में वो आगे रास्ता बहुत ही ख़राब होता चला गया और मिट्टी दलदली होती गई आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी भी धँसी हुई है चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है चप्पल स्लिपरी है लेकिन फिलहाल अब हम लोग इस वाले एरिए से वापस घर की तरफ चलेंगे आखिरकार भीलापुर से मेरा सफ़र पूरा हुआ और अब मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ tapura gaja 5 round now